बैगरी जो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है एक पेशा बन गया है इस्लाम की तालीमत के मनाफी और जिस तरह की हम खैरत बांटते हैं पांच रुपए का नोट दे रहे हैं मांगने वालों को मस्जिदों के बाहर समझ रहे हैं हमने हाथम हम कई की खबर को लात मार दी हालांकि हकीकत में आप इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगरी को सपोर्ट कर रहे हैं किसी एप को ले लो आओ चलो मुझे अपना घर दिखाओ मुझे बताओ तुम तो वाकई इस काबिल हो या नहीं हो और फिर उसकी मदद करें लमसम करें फिर वो पांच रुपए नहीं ऐसी दे कि वो कुछ अपने पांव पर खड़ा हो सके मैंने एक रुपया नहीं कहा ये कि एक रुपया तो आप कोई नहीं रही लेकिन ये कि पांच रुपए का नोट भी आपने तकसीम करने शुरू कर दिए ये क्या है साइली न वे काब लेकिन दूसरी तरफ साहिल को झिड़कना नहीं भला बसा मसाइला फलातन हर झिड़को नहीं अच्छा भाई नहीं तो आप करो मेरे पास इस वक्त आपकी मदद के लिए कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता तो इन दोनों के दरमियान असल में वामा होना चाहिए बल्कि यहां तक भी फरमाया साई को जरूर तोड़ चाहे वो घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे दरवाजे पर आया क्या पता उसकी वाकई है झन क्या है तो सवाल की मजम्मत और साइल को झिड़कने की खाली हाथ लटाओ उसने अपनी इज्जत नफ्स अपनी हथेली पर रखकर तुम्हारी सामने पेश कर दिया उसे ठोक करना लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया ये इंस्टिट्यूशन ऑफ बैगड़ी जो है ये एक अलह आशय है बिल्कुल उसका इससे कोई ताल्लुक न समझना